प्रिय दर्शकों नमस्कार स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोबी दासिज पर ज्योतिष परिक्षेत्र की यदि हम बात करें तो आज आप लोगों को कुछ हम ऐसे अचूक सूत्र देने जा रहे हैं जिनको आप सभी सम्मानित दर्शक अपनी जन्म कुंडली पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको जो है आप लागू करके चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि यदि अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ज्योतिष से संबंधित तमाम ज्ञान विज्ञान की चीजें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं तो आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा तो दर्शकों सबसे पहला सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं आप लोग अपनी कुंडली पर देखिएगा कि जब भी गोचर में शनि आएगा जब भी गोचर में शनिग्रह धनु राशि मकर राशि मीन व कन्या राशियों में होकर के गुजरता है तो ये मान के चलिए कि अकाल संबंधी जो हम लोग प्रडिक्शन करते हैं तो भयंकर अकाल रक्त संबंधी कोई विचित्र सी बीमारी होगी आपको पता नहीं चलेगा आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा अभी जो शनि और केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है राशि में देखिए चल रहा है और देख लीजिए कि बिहार में क्या कंडीशन हुई है जो आ, क्या कहते हैं बच्चों का मस्तिष्क ज्वर हुआ है इसके बाद जितनी भी सारी अभी घटनाएं हुई हो चाहे सीआरपीएफ कैंप पे अटैक हुआ हो उसके बाद जो है क्या कहते हैं प्लेन हाई है जो है दुर्घटना हुई हो या वायुसेना का जो विमान लापता तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं तो ये देखिएगा अपनी कुंडली में गोचर में यदि शनि ग्रह धनु मकर मीन व कन्या राशि में से गुजरता है तो व्यक्ति के भी घर में भयंकर अकाल होती है और देश के परिक्षेत्र में भी इसी से परीक्षण की जाती है दूसरा एक हम आपको सूत्र बताना चाहते हैं ये महिलाओं के लिए हैं। तो महिला वर्ग खास करके देखें कि यदि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में या कन्या राशि या सिंह राशि में होते हैं और एक चीज़ बताना चाहेंगे पंचम भाव में यदि ये हो तो उस स्त्री के पुत्रों की संख्या कम होती है और जो स्त्री संतान हैं इनकी संख्या ज़्यादा होती है जन्म कुंडली में पंचम भाव में यदि चंद्रमा वृषभ राशि में हो कन्या राशि में हो सिंह राशि में स्थित हो तो जान जाइएगा कि उस स्त्री के कम पुत्र होते हैं पुत्रियां अधिक होती हैं ऐसा नहीं होता कि पुत्री नहीं होती आप लोग जो है थोड़ा सा विचलित हो जाए लेकिन कम पुत्र होते हैं आप लोग देखते होंगे किसी किसी के क्या कहते हैं पाँच कन्याएँ हैं एक पुत्र है तो कहीं ना कहीं उनकी जन्मकुंडली में ऐसे योग जरूर बने होंगे दूसरा हम बताना चाहेंगे कि जन्म लग्न में जन्म लग्न में मतलब फर्स्ट हाउस में यदि चंद्रमा चाहे जौन सा लग्न हो चाहे जौन सी राशि हो तो चंद्रमा और शुक्र एक साथ यदि बैठे हुए हों तो जो वो महिला होती है ये स्त्रियों के ऊपर इंप्लीमेंट है ये भी हम आपको बता दें तो जो महिला होती है बहुत ज्यादा जो है गुस्सैल वाली होती है बहुत ज़्यादा क्रोध उनके अंदर आता है और अहंकार भी उनके अंदर रहता है लेकिन सुखी बहुत होती है ये भी बता दें इनको जीवन में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती है एक चीज़ और बता दें कि यदि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हम भारत के परिपेक्ष में कतई नहीं बात कर रहे हैं अपितु वर्ल्ड में आप देखिएगा गौर करिएगा कि यदि वो राष्ट्राध्यक्ष सोमवार बुधवार या गुरुवार को यदि शपथ लेता है तो यकीन मानिए उसके देश के प्रजा के लिए बहुत शुभ रहेगा और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की ख्याति चहुओर पहुंचेगी। एग्जाम्पल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप लोग शपथ ग्रहण देख लीजिए पहला शपथ ग्रहण छब्बीस मई को हुआ था दिन था सोमवार और 2014 से 19 तक की भारत ने कहा कहा क्या क्या ग्रोथ की ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दूसरा शपथ ग्रहण फिर नरेंद्र मोदी जी ने लिया है तीस तारीख को गुरुवार दिन था और देखिएगा ये जो कार्यकाल इनका रहेगा ये जो हमने अभी आपको सूत्र बताए ज्योतिष से संबंधित कुछ तो इस पर भी आप लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो प्रजा के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और उस राष्ट्राध्यक्ष की ख्याति बहुत अच्छा रहेगा उस देश के लिए अभी तो बहुत अच्छा माना जाता है तो एक प्रिडिक्शन जब भी आप लोग किया करिए देखा करिए तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान किया करिए एक बात और बताना चाहेंगे कि सप्तमेश सप्तमेश मतलब होता है जो सप्तम स्थान का लॉर्ड होता है तो सप्तमेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त नहीं है था छ आठ या द्वादश भाव में हो नीच के हो, अस्त हो तो जातक के विवाह में बाधा आती है और कहीं ये भूल से पापक ग्रह से दृष्ट हो तो शादी के बाद विवाह विच्छेद भी, भी हो जाता है सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त ना होकर यदि पापी ग्रहों से युक्त हैं और छह आठ या बारहवें भाव में है इसको त्रिक भाव कहते हैं तो नीच के हो, अस्त हो, तो जातक के विवाह में बाधा भी आती है और उनका विवाह चल नहीं पाता है दो भार्या योग दो पत्नियों के योग भी इसमें जो है कहीं ना कहीं आगे चल करके घटित होते हैं एक चीज और हम आपको बताते हैं चंद्र ग्रह से संबंधित चार विभिन्न योग बनते हैं तो जब कोई भी ग्रह चंद्रमा से दसवें सातवें चौथे और पहले हों तो क्रमशः उत्तम मध्यम अधम और अधम योग बनता है इसमें जो अंतिम योग बनता है अधमाधम योग जिसको कहते हैं तो कुंडली के अन्य योग को जो है जो होते कमज़ोर होते हैं ये निष्फल हो जाते हैं दर्शकों इस बात का आप लोग गौर करिएगा और देखिएगा कि कितनी ज़्यादा जो है सच्चाई है एक बात और बताना चाहेंगे हम राशिफल जब बताते हैं आप लोग भी सुनते होंगे कि पंडित जी बता देते हैं कि उनके बाएँ पैर पर तिल है उनके दाहिने पैर पर चोट का निशान होगा उनके मस्तक पर चोट का निशान होगा या मसा होगा ये कैसे होता है तो इसका भी एक हम आपको सूत्र देने जा रहे हैं और तमाम ज्योतिष के जो भी जिज्ञासु लोग होंगे इस पर आप लोग जरूर गौर करिएगा जब भी आपकी जन्म कुंडली कोई भी लग्न हो कोई भी राशि हो इससे नहीं मतलब है यदि आपके लग्न में शनि बैठा हुआ है चाहे वो उच्च का हो चाहे वो नीच का हो शनि बैठा हुआ है शनि के साथ या राहु आ जाएँ या शनि के साथ केतु आ जाएँ तो यकीन मानिए जो जातक होता है जिसकी आप कुंडली देख रहे होते हैं या यदि वो आपकी भी कुंडली है तो आपके मस्तक के ऊपर कहीं ना कहीं बचपन में आप साइकिल से चला रहे होंगे चोट लग सकती है बाइक से आप गिर सकते हैं पेड़ पे चढ़ेंगे आम खाने तब भी गिर जाएंगे छत से गिर सकते हैं पतंगबाजी के चक्कर में आप लोग गिर सकते हैं कहीं ना कहीं चोट का ये निशान जरूर होगा आकाटे सत्य है आप लोग गौर करिएगा आप लोग बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल हंड्रेड परसेंट फैक्ट है दूसरा आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी लग्न पर शनि की राहू की केतु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के चेहरे पर कहीं ना कहीं मसे का निशान जरूर होता है ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है इसको आप लोग हमेशा जो है कभी भी कुंडली में प्रिडिक्शन करिएगा आंख बंद करके बोल दीजिएगा आपकी प्रिडिक्शन नाइन्टी सही रहेगी 99.99 परसेंट सही रहेगी पॉइंट परसेंट का हम कुछ नहीं कह सकते तो देखिए ये सब ज्योतिष के कुछ सूत्र हैं इन लोगों को जो है आप लोगों को इनको जानना बेहद ज़रूरी होता है देखिए मंगल ग्रह जो होता है एक आपको सूत्र बता रहे हैं ज्योतिष से संबंधित मंगल ग्रह होता है तो इसको भूमि का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है कंस्ट्रक्शन का नहीं भूमि का माना जाता है तो जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में मंगल उच्च का हो गया सपोज करिए मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है तो मंगल यदि फोर्थ हाउस में उच्च का हो गया है तो ये जो उंगलियाँ आप देख रहे हैं ना इस पर आप लोग गिनते जाएंगे इतनी ज़्यादा ज़मीनें होंगी ख़त्म नहीं होंगी ये एक बहुत बड़ा योग होता है और एक चीज़ बता दें जब मंगल फोर्थ हाउस में उच्च का हो जाता है तो रुचक महापुरुष नामक योग भी जो है बनता है ये पंच महापुरुषों में एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है तो फोर्थ हाउस के यदि आप मंगल देख लीजिए आंख बंद करके कह दीजिएगा फिर चाहे उसको पैतृक प्रॉपर्टी मिले फिर चाहे ससुराल से मिले फिर चाहे जा तक अपने दम पर जो है बनाए लेकिन उसके जो है जीवन में प्रॉपर्टी का सुख बहुत ज़्यादा रहता है इवन जो है बड़े बड़े बिल्डर्स की जो कुंडली आती है कहीं ना कहीं उनके फोर्थ हाउस में मंगल उच्च का होता है तो एक चीज़ बता दें जन्मकुंडली में मंगल का स्ट्रॉन्ग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और यदि आप लोग घर के बारे में पूछते हैं यदि मंगल मान लीजिए चतुर्थ हाउस में नहीं भी बैठता है लेकिन चतुर्थेश से मंगल का संबंध यदि बनता है तो व्यक्ति अपना घर अवश्य बनाता है जन्म कुंडली में जब एकादश का संबंध चतुर्थ भाव से बनता है इलेवेंथ हाउस जो होता है एकादश उसको बोलते हैं तो एकादश का संबंध जब चतुर्थ भाव से बनता है तब व्यक्ति एक से अधिक मकान बनाता है लेकिन ये संबंध जो होता है ये शुभ होना चाहिए बलि होना चाहिए एकादश स्थान आपके इनकम का होता है आय का होता है तो जब आय आएगी तभी तो आप लोग घर बनाएंगे चलिए दर्शकों ज्योतिष का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू है चलिए इस पर भी हम आपको प्रकाश डाले दे रहे हैं तमाम लोग पूछते हैं पंडित जी वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं अब जैसे मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली है और नवमांश है और ये मानिए कि शनि यहाँ पर जो है 10th हाउस में उच्च का हो गया है अब जो शनि उच्च का होता है ये तुला राशि में उच्च का होता है शनि तो शनि यहाँ पर उच्च के हो गए आपके लग्न में टेंथ हाउस में और नौमांश में भी यदि टेंथ हाउस में जा के उच्च के हो जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं वर्गोत्तम ग्रह ठीक है जी और वर्गोत्तम ग्रह बहुत बलि हो जाते हैं जब भी इनकी महादशा आती है इनकी अंतरदशा आती है इनकी प्रत्यंतर दशा आती है तो जातक को न्याय के क्षेत्र में वकालत के क्षेत्र में सर्जी सर्जरी के क्षेत्र में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में और कहीं राहु का वर्गोत्तम हो गया तब तो फिर कहने ही क्या हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सफलता दिलाती है ये भी एक ज्योतिष का सूत्र है एक चीज़ और बता जो है बताना चाहेंगे दर्शकों जन्म से चार वर्ष के भीतर जन्म से चार वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु का कारण जो माँ होती हैं यदि वो कोई गलत काम की हैं कोई पाप की हैं तो माँ दोषी जो है होती हैं शास्त्रीय कहता है चार से आठ वर्ष के बीच में यदि किसी बालक की अकाल मृत्यु होती है तो पिता के पाप कर्मों का फल बालक को मिलता है और आठ से 12 वर्ष की यदि आयु बालक की हो जाती है तो उस बालक के पूर्व जन्म के पापों का कर्म उसके समझ छाता है उसके कारण उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है देखिए एक चीज़ और बता देते हैं दर्शकों कि तमाम लोग कहते हैं कि हमारे संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा बाधाएँ आती हैं कुंडली में गौर करिएगा कोई भी राशि उदित हो रही कुछ भी हो रहा हो पंचम भाव में पंचम भाव में यदि मान लीजिए सपोज करिए चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हुए हैं संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा बाधा आएंगी इवेन हो सकता है कि उनको जो है एडॉप्ट करना पड़े और कहीं यहाँ पर जो है चंद्रमा यदि नीच के हो गए तो फिर कहने ही क्या हैं राहू बहुत ज़्यादा बलि हो जाएगा तो इन चीज़ों का भी विचार किया जाता है पंचम भाव या पंचमेश एक चीज़ और बता दें पंचम भाव के जो अधिपति होते हैं यदि ये पीड़ित हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं पाप ग्रह से दृष्ट हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गर्भाधान जो संस्कार होता है जो है हिंदू मैथिला में इसमें जो है करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आप लोग कुंडली किसी योग्य ज्योतिषीय परामर्श किसी से ले सकते हैं और दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि जो हमारा जो है क्या कहते हैं नक्षत्र है अब 27 नक्षत्र हैं अभिजीत को मिला करके 28 हो जाते हैं और इनका बड़ा महत्व होता है कुछ जातक जो होते हैं मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं आप लोग जान लीजिए देखिए अश्वलेशा ज्येष्ठा रेवती ये होते हैं बुद्ध के नक्षत्र और मघा अश्वनी मूल ये होते हैं केतु के नक्षत्र तो इन नक्षत्रों में यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो कहते हैं कि अरे ये तो मूल में पड़ गया है बच्चा तो वापस 27 दिन बाद वो नक्षत्र जब आता है तो इसमें मूल शांति कराई जाती है मूल के जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा जो है ज़िद्दी होते हैं एक इस पर से हम अलग वीडियो बनाएंगे आप लोग चैनल पर यूँ ही बने रहिएगा तो नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा अध्ययन इसमें करना पड़ता है इवन कहीं कहीं जो आप लोग देखते होंगे के से भी तमाम हमारे जो है जो दर्शक ज्योतिष सीख रहे होंगे या ज्योतिषी होंगे लोग के पी से भी देखते होंगे तो इसमें नक्षत्र सबलॉड इसका इसमें बहुत ज़्यादा लिया जाता है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लग्न कुंडली से चंद्र कुंडली से पकड़ में नहीं आती है नक्षत्रों से पकड़ में आती है तो इसको माना जाता है एक बात बता दें दर्शक कोई जो 27 नक्षत्र हैं इनके जो है नौ भाग किए गए हैं और तीन तीन नक्षत्रों को एक एक भाग इनका माना गया है अब इनमें जो प्रथम होता है जन्म नक्षत्र होता है दसवा जो होता है ये कर्म नक्षत्र होता है तथा उन्नीसवाँ जो होता है ये आधान नक्षत्र माना गया है शेष को जो है क्रम से आप समझ लीजिए संपत्ति विपत् क्षेम प्रतवर साधक नैधन, मैत्र और परम मैत्र माना गया है दर्शकों तो इस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोग देख लीजिएगा एक चीज और बताते रिसाव की स्थिति होती है गैस कांड होता है तो तमाम लोग पूछते हैं ये आज हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तमाम हमने कमेंट पढ़े हैं कि पंडित जी, जी प्रडिक्शन आप कैसे करते हैं क्या है इसके पीछे का जो है वो लॉजिक क्या है तो हम आपको बता रहे हैं कि यदि कहीं रिसाव की स्थिति आ जाती है आपने देखा होगा गैस कहीं लीक हो गई या भोपाल गैस कांड हो गया तो रिसाव की स्थिति यदि होती है चाहे वो द्रव का हो चाहे वो शक्ति का हो चाहे वो धन का हो चाहे वो मान सम्मान का हो फिर चाहे वो आपके और का हो तो इसमें राहू का बहुत मेजर रोल रहता है ये सब चीजें राहू कराता है एक बात और बता दें यदि फोर्थ हाउस में राहु, टेंथ हाउस में केतु आमने सामने दोनों रहते हैं केतु यदि टेंथ हाउस में बैठा है तो व्यक्ति को एक जगह स्थिर नहीं रखेगा कार्य क्षेत्र में आप लोग कोई भी लग्न हो कोई भी राशि हो इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ जरूर देखिएगा टेंथ हाउस में बैठा केतु आपको एक जगह चयन से टिकने नहीं देगा आप जाएंगे कार्य क्षेत्र में नौकरी करेंगे दो चार छः महीने साल दो साल करेंगे नौकरी क्विट करेंगे दूसरी जॉब करेंगे दूसरी जॉब में भी यही स्थिति आएगी तीसरी करेंगे तीसरी में करेंगे चौथी आएगी ये चीजें रहेंगी लगा लीजिएगा ये लोग आप लोग अपनी अपनी कुंडली में और एक चीज़ दर्शक को बताना चाहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में बुद्ध बड़ा निर्बल है और कहीं केतु के साथ बैठ के जड़ दोष बना ले खास करके सेकेंड हाउस में बना ले कुछ लोग बोलते बोलते हकलाने लगते हैं या उनके मन में हर एक चीज रहती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं उनका जो सेकंड हाउस है और सेकंड हाउस के जो अधिपति हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही बिग पोजिशन में है ग्रह से दृष्ट हैं तो एक इम्प्लीमेंट आप लोग ये भी लगा सकते हैं इस ज्योतिष का जो हम सूत्र बता रहे हैं एक बात और बता दें तमाम मिथ है कि भैया रात में नीलम पहनो सुबह राजा हो जाओ इस प्रकार के मिथ से दूर रहिएगा ऐसा कुछ नहीं होता नीलम पहनने के नीलम पहनने का जो आपको रिजल्ट मिलेगा भाई साहब नीलम पहनने का रिजल्ट आपको कम से कम दो से ढाई वर्षों के अंदर मिलेगा क्योंकि जो शनि है ज्योतिष में सबसे स्लो जो है प्लानट माना जाता है इसको शनै शनि कहा जाता है इसकी चाल बहुत धीरे होती है तो शनि ग्रह बहुत ही धीरे चलने वाला होता है इवन सूर्य की जो परिक्रमा होती है ये ढाई वर्षों में पूर्ण करता है तो कहाँ से आपको एक रात में ये सब कुछ दे देगा ऐसा कुछ नहीं है वो उनका लक रहा होगा वो अगर नीलम ना भी पहनते तो उनको वो चीज़ मिलती बस उसका कारण नीलम बन गया ऐसे तमाम लोग होते हैं जो हमसे मिलने के तुरंत एक हफ्ते के अंदर उनको नौकरी लग जाती बोलते पंडित जी आपके उपाय तो बड़े अच्छे हैं तो हम साफ साफ उनको टोक देते नहीं साहब जी हमारे उपाय की जो है देन नहीं है माध्यम है सिर्फ और इतनी जल्दी अगर आप हमसे ना भी मिले होते तो आपको नौकरी मिलती तो एक हफ्ते के उपाय नहीं होते एक हफ्ते में कोई कार्य नहीं होता है तो दर्शकों एक चीज़ हम बता दें इन सब चीज़ों से रहिएगा दूसरा कई दर्शक हमारे पूछते हैं कि पंडित जी काल सर्पदोष के बारे में आपका क्या राय है हम आपको बताना चाहेंगे कि काल सर्पदोष तो होता ही नहीं ज्योतिष के किसी भी किताब में काल सर्पदोष का कहीं वर्णन नहीं फिर लोग पूछते हैं कि काल सर्वदोस्त तमाम जोतसी लोग बताते हैं तो भाई साहब ये लोग उनके जो है जीने खाने का जरिया है उन लोगों से आप पूजा पाठ कराइए उनको आप पैसा दीजिए तब तो भाई आपके काल सर्वदोस्त की शांति होगी और शांति भी कैसे होती हम आपको बता दें आप घर में बैठे रहिए घर में बैठे बैठे वो आपका काल सर्प दोस्त अपने यहाँ बैठे बैठे शांत कर देंगे भला ऐसी भी कोई पूजा आप लोगों ने देखी हो तो बताइए तो दर्शकों ये ज्योतिष के कुछ सूत्र थे आगे आने वाले वीडियो में और भी हम आपको सूत्र बताएंगे वीडियो लंबा हो गया इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार